अगर उन्हें हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुपरस्टार कहें तो आप कहेंगे अरे हुजूर इंडिया का सुपरस्टार नहीं ग्लोबल सुपरस्टार कहिए कुछ ऐसा ही जलवा है उस्ताद जाकिर हुसैन का जिनकी उंगलियां जब तबले पर रक्स करती हैं तो सुनने वाला क्या उठता है वाह उस्ताद वाह ये जाकिर हुसैन की लोकप्रियता ही है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले कलाकारों में शुमार हैं। उनकी उंगलियों और तबले में गजब का मेल है जाकिर हुसैन उन चंद कलाकारों में से हैं जिन्होंने कम से कम लोकप्रियता के पैमाने पर अपने उस्ताद और वालिद उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब को भी पीछे छोड़ दिया जाकिर हुसैन का जन्म नौ मार्च उन्नीस को मुंबई में हुआ था करीब तीन साल की उम्र थी जाकिर हुसैन की जब अब्बा ने उन्हें पखावत सिखाना शुरू किया था अब्बा उस्ताद अल्लाह रखा खां हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार थे उनकी तालीम और जाकिर हुसैन की काबिलियत थी कि जल्दी ही जाकिर हुसैन ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करना शुरू कर दिया 11-12 साल की उम्र तक आते आते तो जाकिर हुसैन तबले पर अपने विस्तार को दिखाना शुरू कर चुके थे 1987 का साल था जब ज़ाकिर हुसैन का पहला सोलो म्यूज़िक मेकिंग म्यूज़िक रिलीज़ हुआ इस एल्बम ने उन्हें गजब की लोकप्रियता दिलाई पहली बार संगीत प्रेमियों ने इसी एल्बम में ताल वाद्य में पश्चिमी देशों के संगीत के साथ हिंदुस्तानी संगीत का अद्भुत संयोग पाया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 इसके बाद आने वाले सालों में की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। वो तमाम दिग्गज कलाकारों के चहेते संगीतकार बन गए। उनके सोलो प्रोग्राम्स की धूम मचने लगी और उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ तबले की जुगलबंदी की कार्यक्रमों के साथ साथ अंग्रेजी फिल्म अपोकलिप्स नाव इन कस्टडी द Heat and Dust और Little Buddha जैसी फिल्मों में उन्हें सुनने का मौका मिला। उन्होंने पश्चिमी देशों के तमाम पॉपुलर बैंड्स के साथ भी प्रस्तुतियां दी। इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय में भी हाथ आजमाया ये कहानी दिलचस्प है 90 के दशक में जाकिर हुसैन ने साय परांजपे की बनाई फिल्म साज में अभिनय भी किया इस फिल्म में संगीत भी उन्हीं का था शबाना आजमी के ऑपोजिट जाकिर हुसैन का अभिनय देखना बेहद दिलचस्प था खैर हम लौटते हैं उस्ताद जकििर हुसैन की कहानी पर करीब एक दशक पुरानी बात होगी जब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान तबले पर घोड़े की ताप सुनाई बिजली के कड़कने और बारिश होने की आवाज़ भी तबले पर सुनाई और ये बात ध्यान देने की है कि इस दौरान उन्होंने शास्त्रीयता को पूरी शिद्दत के साथ बरता ऐसे प्रयोगों के अलावा तबले पर डमरू की आवाज़ सुनाते सुनाते ज़ाकिर हुसैन कब अपने श्रोताओं को भगवान शिव के करीब ले जाते हैं पता ही नहीं चलता ऐसी गैर परम्परागत प्रस्तुतियों के जरिए वो ध्वनि की एक अलग ही परिभाषा करते हैं इस बात के सैकड़ों गवाह मिल जाएंगे कि जब उस्ताद ज़ाकिर हुसैन तबला बजा रहे होते हैं शिद्दत के साथ तो उनके साथ बैठे संगत कलाकार सिर्फ उन्हें और उनकी उंगलियों को ही देख रहे होते हैं विश्व स्तर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को पहचान दिलाने वाले कलाकारों में उनका रोल अहम है। है यही वजह कि जाकिर जब महज सैंतीस साल के थे तब उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया शायद सबसे कम उम्र में यह सम्मान उन्हें मिला होगा महज इक्यावन साल की उम्र में वो तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म से नवाजे जा चुके थे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उन्हें मिल चुका है वो ग्रामी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं अमेरिका में कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल चुका है और इन सम्मानों की फहरिश से अलग वो बेहद सुकून और उत्साह के साथ पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों का प्यार और दुआएं बटोर रहे हैं हमारी भी यही दुआ है कि वो यूं ही सालों साल अपने वादन का विस्तार करते रहे रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं थैंक यू